यह लड़का एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है और इसका नाम वकार अहमद है दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी इस लड़के ने एक ऐसा काम किया जिसके बाद पूरा इंडिया इस पर नाज कर रहा है इस लड़के ने एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक बनाई है जिसकी कीमत महज सत्तर हजार रूपए है और यह बाइक 20 रुपए की बिजली ऐसी चार्ज होने के बाद सौ किलोमीटर तक जा सकती है और आपको जानकर हैरानी होगी की इस बाइक की स्पीड एक किलोमीटर प्रति घंटे की है दोस्तों जहाँ विदेशी कंपनिया इलेक्ट्रॉनिक बाइक बनाने के बाद उन्हें लाखों के रेट में बेचती है वही वकार अहमद ने महज सत्तर रुपए में एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक तैयार कर डाली इस बाइक को इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के टाइम आरोप दो महीनों की कड़ी मेहनत के बाद बनाया था दोस्तों इनकी बाइक देखने में भी काफी